पुलिस प्रशासन ने अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक वृद्ध महिला के घर से सात पीटी शराब जब्त की है पुलिस की इस कार्रवाई पर आरोपी महिला ने कहा कि उसे फंसाया जा रहा है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके शराब पहुँचाई गई थी लेकिन पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर रही है अवैध शराब के मामले में पुलिस ने जिस महिला को गिरफ्तार किया है वो महिला चिल्ला चिल्ला कह रही है की यह शराब उसके यहाँ भट्टी संचालक के मैनेजर चिंटू जायसवाल ने पहुंचाई है चिंटू ने फोन करके उसे कहा था कि अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे फोन कर लेना शराब भट्टी संचालक मैनेजर चिंटू जायसवाल गांव गांव में शराब पहुंचा रहा है पुलिस को इस बात की जानकारी है फिर भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इससे साफ जाहिर होता है की पुलिस भी शराब माफियाओं के साथ मिली हुई है वहीं इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी बताया उसमें हमारे चौकी थाना जो प्रभारी है।, है उनको मुठबिर से सूचना मिली कि कहीं पर किसी जगह आरोप शराब रख किया जा रहा है उसी सूचना पर उन्होंने मुठबिर को अपने साथ लिया और उसके साथ जाकर जब रेड की तो वहाँ महिला शराब विक्रय कर रही थी उसके पास से लीटर शराब मिली महिला जो आरोपी थी उसको बनाया गया उसमें महिला चौकी प्रभारी खुद मौजूद थी और उसके बाद उनके द्वारा ही वैधानिक कार्रवाई उसमें की गई है और उनके साथ जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी थे वो भी इसमें कार्रवाई में शामिल थे इसके बाद जो आपका एक है कि, कि किसी मैनेजर के द्वारा ऐसा ऐसा शराब विक्रय करने के लिए उसको दिया गया था ये तथ्य की जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है अगर इसमें कोई तरह का तथ्य आता है तो पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी